ली आपको ये जो जर्नी थी एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स थी इसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है एक ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस जो अपने विस्म समाज में हुई जो पहली बार हुई है। इसके लिए मैं हमारे जी, है, जो जी और बहुत बताना चाहूंगा कि मैं खुद से जुड़ा हूं और मैंने कई कॉन्फ्रेंस यूनिवर्सिटियों में अटेंड की है पर सबसे एक बड़ी बात यह है कि दुबई जैसे महंगे शहर के अंदर इतनी दूर आकर यदि पांच सौ लोग यदि एनवायरमेंट की बात करते हैं ऐतिहासिक बात है और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि अपने विष्णु समाज के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा ताकि ताकि हम लोग इस कॉन्फ्रेंस से विश्व पटल पर अपनी एक छाप छोड़ेंगे बाहर के जो भी रिसर्च स्कॉलर यूनिवर्सिटीज है, हैं और सेवर है, वो आके हमारे बारे में जान सके और मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती जो भगवान जाम्बोजी ने आज से साढ़े पांच साल पहले कही थी और आज उसी बात को लेकर विश्व के तमाम राष्ट्र अध्यक्ष पैसे खर्च करके कह रहे हैं कि हम पर्यावरण को कैसे बचाएं? तो हमारे लिए इससे बड़ी गौरव की बात हो ही नहीं सकती और बात ये मैं कहना चाहूंगा सेलिब्रिटीज हमारे फंक्शन में आई ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है दूसरा समाज आज आईटी का जमाना देख रहा है तो इससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी और इस कार्यक्रम को बहुत बड़े लेवल पे जा रहा है, कोई कमी नहीं है बहुत शानदार आयोजन है सर। है मेरे जीवन का। तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा और साथ ही इनके लिए बुढ़िया जी के लिए और रमेश जी बाबल और उनकी टीम के लिए एक शेर पढ़ना चाहूंगा कि जो तूफानों में किनारे तक पहुंचा दे ऐसी अब कस्तियां नहीं मिलती, जो तूफानों में किनारे तक पहुंचा दे ऐसी अब कस्तियां नहीं मिलती, गम को गले लगाकर खुशी बांटे ऐसी जादू की झपिया नहीं मिलती खुद के लिए तो हर कोई जूझता है इस जहां में दूसरों के लिए ढूंढो तो एक भी नहीं मिलता दूसरों की खुशी के लिए जूझने वाले आदरणीय बूढ़िया जी और टीम रमेश बाबुल जी जैसे कहा मिलते हैं थैंक यू के लाइक नहीं है कविता हमने <laughs> जरूर किया नहीं। नहीं नहीं। नहीं नहीं, और अगला प्रोग्राम भी